अभी जस्ट हम लोग हरिद्वार निकले हैं और हरिद्वार से ऋषिकेश नीलकंठ तक की पिक्चर है और हमारे साथ हम पांच मेरे साथी हैं और आज हमारी जर्नी स्टार्ट हो रात में ही हुई थी स्टार्ट और अभी खत्म हो गई है जस्ट तो मेरे साथ बने रहिएगा और हम देखते हैं क्या क्या वीडियो बना पाते हैं आज और अभी तो शुरुआत ही हुआ है मनीष ये ये हेलो हेलो और है राहुल जो है वो टिकट बनाने का बहुत शौकीन है और ये देखिएगा तो हम लोगों का ग्रुप ये है यो और बोले <laughs> आज बहुत सारी वीडियो बनेगी <laughs> तो रात में हमारी साढ़े ग्यारह बजे की ट्रेन थी और हम लोग कितने बजे निकले थे? साढ़े बजे ट्रेन पर और सुबह सुबह छः बजे हरिद्वार पहुंच चुके हैं जैसे कि आप देख रहे हैं और इसके बाद हम लोग हर की पौरी निकलेंगे तो बस यहां से जा रहे हैं और हमारे साथ पांच आदमी हम लोग हैं और पांच आदमी का सब का ज़बरदस्त तरीके का यह हरिद्वार स्टेशन है ना हाँ ना लेकिन तो पोर्टिंग हम नीचे उतर रहे हैं जीनेस जीनेस ये बताने की जरूरत तो नहीं है भाई ऐसा ना करो नहीं कुंड के मेले नहीं हम कुंड के मेले में नहीं आए हमारे पे ना ये इधर रहा है है ये भाई इसमें प्रोग्राम कर हर की तौरी पे आ चुके हैं ये देख हेलो दोस्तों अब हम लोग हाँ भाई चल रहे हैं तो नहाने चल रहे हैं बिल्कुल भाई मजा आ रहा है इस डरे ही ना जिम करे गया। तो अब हमारी और हमारी भी। ये देखो। जा रहे हैं जिम कर रहे करे है भाई मजा आएगा मजा आएगा आज तो आज है पानी तेज है कहने नहाने मजा आ रहा है तगड़ी है तगरी हाँ पत्थर नहीं है बालू है इसी पर जम रहा है तो पैर पैर जम रहे है, है इसमें ये कैसे? अरे इधर आइए जा रहे हैं बता रहे क्या कर रहा है तू चलू कर तुम देखते हैं मुझे मेरे तरफ घुमाते रहो देखते रहिए अरे संगीत कितने सुना चलो वही करो वही करो भाई जरा बड़ा जाओ ये गोल आज करती बंदे का मजालाो बंदे का मजा अरे भैया सरकार के बारे में तू Oi, tu mata, encara tu. Oi. चल रही है एक बार वाटर प्रूफ है वाटर प्रूफ है कुछ नहीं होगा <laughs> <laughs> ना। छोड़ देना